सुनिए थोड़ा रुकिए तो मैं माधुरी दर्शन अमोदिता आज एक नए विधा लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ मर्म स्पर्शी एक गद्य कविता आज सुनिए और मजा लीजिए अंदर तक पहुँचेगा ये सारी बातें आइए सुनते हैं एक गद्य कविता माँ माँ का यू तागना किसी बात का द्योतक है देखकर अनचाह हंसी बात बदलकर मेरे पास आना मैं सब समझती हूं मां अकेले बुदबुदाती रहती है क्यों चले गए सरकार मुझे छोड़कर किसके सहारे छोड़ दिए हो मैं अकेली हूं सी रहती हूं दुनिया की सब चीजें तुम्हारी बिना व्यर्थ हो गया है सब सपने ध्वंस हो गए हैं। पास बैठी मैं ढिड़क जाती हूं तुम्हें अब जीना नहीं आया माँ कुछ एक पल तो अपने हिसाब से जी लो मां आतुर निगाहों से मुझे देखती है लाखों प्रश्न हैं मां की आंखों में मैं सहम जाती हूं चुप हो जाती हूं और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बघारती हूं कि मां के सोच में कुछ तो बदलाव आ जाए मैं जानती हूं ये संभव नहीं है फिर भी बेटी की चाहत होती है कि कोई भी हो मेरे पास तो है दर्द बांटने के लिए आंसू पूछने के लिए मैं समझ नहीं पाती ये प्यार का अधूरापन क्यों पूरी जीवन को राख कर देता है पर नियति है बसी है जीना है कैसे भी जिस हाल में भी हो माँ को गले लगा कर ढांढस देती हूँ मैं हूं ना माँ बेटी तुम्हारी बेटी और माँ मुझे ताकती रह जाती है ताकती रह जाती है ताकती रह जाती है